अब इसे स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर देखो ये माउस है इसको इस पर दबाते हैं तो ये इसको इस पर दबाते हैं तो देखो ये आता है अब देखो मैं इस पर दबाता हूँ ये आ गया ये आ गया ये आ गया अब इसे कहने का तरीका है ये स्टेज है स्टेज पर दबाते हैं इसके अंदर एक ये है और एक ये है अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है वे वाला आ गया अब जैसे मैं क्लिक क्लिक लूँगा तो आ गये। ये आ गई ये कर ये स्पीड इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए होता है ये देखो मैं स्पीड जैसे करता हूँ अरे को दो आ गया तीन आ गया चार आ गया अब स्टार्ट इस स्टार्ट पे दबाते हैं तो ये, ये माउस है इसको इस पर दबाते हैं तो ये दाड़ नहीं लगता इस पे है इस पर दबाते हैं ब्रेक लग है ये, इसे दौड़ दौड़ाते हैं ब्रेक लगाते हैं इसे दौड़ाते हैं ब्रेक दुबाते हैं, इसे दौड़ाते हैं इसे ब्रेक लगाते है ओलो